सो so, हेलो भाई लोग आज हम आ चुके एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ बी जी अपने एपिक्स मोबाइल ने उल्टे बोल दिए एपिक्स मोबाइल वर्ष अपना बी भाई पहले आप दोनों को इनका लोगो दिखाता हूँ या आप लोग इनका लोगो देख सकते हैं एपिक्स मोबाइल का लोगो और ये अपने बी का लोगो और भाई मैं इसके डाउनलोडिंग के बारे में तो आप लोगों को बताए दूंगा कि बी के अपने पचास मिलियन डाउनलोड है जो कि एक साल में हो पाए और एपिक्स मोबाइल के वे अपन 50 मिलियन डाउनलोड है जो कि सिर्फ 15 दिन में हो पाए और भाई से पहले मैंने थ्री रोयल पास रखा था उसके विनर का नाम आ चुका है उसमें से भाई थ्री में से एक ही को दिया है क्योंकि टारगेट पूरा कम्पलीट ही नहीं हो पाया है से एक सीरीज को दिया है भाई प्लीज मुझे रोयल पास दे दो एपिक्स मोबाइल व लेजेंड वो पबजी मोबाइल के ऊपर वीडियो भी लियाओ तो मैं ला चुका और इसको आप कॉडा शॉप से लाइव डीडीम करके दिखाता हूँ ये आप लोग देख सकते आराम से इसकी यूजर आईडी में डाल रहा हूँ जैसा कि मैंने इसकी यूजर आईडी डाल दी और तीन सौ साढ़ी जी उससे दे रहा हूँ इसे और पेटीएम से करूंगा भाई जी आईडी आई मैं आपको नहीं दिखाऊंगा इसलिए थोड़ा फार फास्ट फॉरवर्ड करके आपसे छुपा दिया और ऊपर से मैंने एक और बार प्रूफ दिखा दिया मेरी जी मेल है भाई अगर आपको गलती से देख भी जाए तो भाई कुछ मत करना उस बंदे का नाम भी लिखा गया आज से निकले उसका बी में और ये भाई उसे रिडीम कर रहा हूँ मैं ये आप लोग देख सकते हैं पेटीएम सक्सेसफुल आ जाएगी भाई पूरे तीन सौ आ रहे है तीन सौ साठ आ रहा है ये पेटीएम वो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है अपने पेटीएम से और भाई अब वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने पी के लो है ये देख सकते हैं कितने ओपी है और ये पीछे का नहीं है पुराना वाला तो काफी बेकार लगता है मुझे अच्छा लगा और एपिक्स मोबाइल के लो भी दिखाते हैं आप लोगों को ये अपने एपिक्स मोबाइल के लो भी है। इस इसमें हमारे भी एक कैरेक्टर रहता है कार्टून टाइप का और अभी इसका एक ही मैप आया क्योंकि इससे आए हुए इस ज्यादा दिन हुए और ना ही इसका कोई अपडेट आए ये एप पी टीपी में दोनों खेला जाता है बीजेम के लोडिंग स्क्रीन यानी कि अंदर की जब प्लेन में बैठते हैं ये देख सकते हैं अपनी प्लेन भाई यहाँ पे बंदे भी दिखते हैं एपिक्स माइल के मैं आपको दिखाता हूँ एपिक्स माइल की कैसी है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही गेम स्टार्ट होता है क्या कैरेक्टर होता है भाई इसमें कैरेक्टर की तो पावर है तभी तो ये गेम pubg को पीछे छोड़ रहा है फ्री फायर की तरह भाई इसमें पावर दे के पबजी में ऐसी चीज लानी चाहिए यार तभी ये तो ग्रो करेगा अपना बी जी बनना भाई ये ऐसे पचास मिलियन से ही कम हो जाएगा के मिलियन मिलियन पहुंच गए थे अब बीस लोगों ने खेलना छोड़ दिया तीन की स्कॉर्ड हो तेन में और ये स्टार्ट हो चुका है गेम ऐसे स्टार्ट होता है और अपने ये एरोप्लेन की लैंडिंग ये सब देख सकते है ये एरोप्लेन है ये एरोप्लेन तो वही यार बोर हुए देख देख के हेलीकॉप्टर ला दे वही भाई पैड मिला दे क्या फायदा है उसका क्रीट रेड में रख देते तो अभी सीधा रॉयल पास वाली रॉयल पास मिला दो कुछ ये लैंडिंग देख सकते हैं बिना स्केट की लैंडिंग है ये ऐसे भाई लैंडिंग तो हम रोज रो, रो ही करते हैं लोग रोज करते हैं ऐसी लैंडिंग मगर भाई अब एपिक्स मोबाइल की देखो क्या ओपी पी लैंडिंग ओ पी वाई प्लेन ये देखो भाई क्या ओपी है और इसका मैप तो देखते भाई क्या बना रख है तब ये तो भाई ये इतने पसंद आ रहा है लोगों को इसके मैप देखो अभी भाई इसके क्या डाउनलोड हो रहे हैं और मैप देखो कितना तो ओपी है भाई ये भी ऑनलाइन गेम है जैसे कि बी देखो तीन बंदों की स्कॉड और पैराशूट तो इसमें आई नहीं ये रॉकेट टाइप का बना दे पीछे बैकपैक पे कोई लगा दे जो उस फिल्म में साउथ में कोई लगा दे इसमें उड़ने के लिए और लैंडिंग देखो उसमें तो पैरासूट खुल जाता है एकदम ओ पी देंगे अपना बी जी एम आई का वही लोकल साइल और भी सुन सकते हैं आप आराम तो से ये लूट क्रिएट है अपनी बाई लोकल लू, लूट क्रिएट उसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लूट क्रिएट और वो कितनी ओपी है पहले इसका देख लो वीडियो छोड़ के मत जाना ये एप एक्स मोबाइल की देखो भाई अप क्या अपी फाइट होगी ये देखो भाई क्या है ये देखो ये दीवार पे चढ़ सकते है कितने जहर है वो इसके लिए ये वाले ग्ल चाहिए होते हाथ में पहन मिलते नहीं है लूट में मिलता है और ये देखो वाई इसके एबिलिटी है बंदे देख लेता है पीछे आने की मैजिकल पावर बाद और ये देखो वही बोटने से कुछ रियल बंद लग रहे चढ़ने के लिए वाई लिफ्ट भी है सीढ़ी भी है सब है काफी ओ पी बना रहे थे इसे भी वाई मुझे देखने में मजा आ रहा है बहुत अच्छा मजा आया और कुछ भी बोलो अपना बी जी एम आई लगता है यार अगर उसमें कुछ और नए फंक्शन डाल दे ये लोग तो बी बेस्ट हो जाएगा इसकी लूट क्रिएट अभी देख लेना आप लोग देखो तो लूट करिएट इसके ऊपर से गिरती है बैठिंग बीजेम की होती है इसकी लूट करेट ऊपर से गिड़ती है और ये मेरर एरर सब लगा रखे बिल्डिंग है वाइफुल साथ साथ बिल्डिंग बंद होगी सब मैं जा सकता हूँ भाई इसमें सब में लूट होती है देखो इस नॉक होने के बाद बंदे ऐसे ऐसी शीडाते हैं बंदे को बचाने के लिए काफी सही है यहाँ तो नोक होकर बंदे फेल ही देते है बीजेम आई की एफ पी, पी स्क्रीन एफ पी, पी में गेम प्ले देख लो यार वही सही है वो पी बोट आ चुके बोट को मार रहे है ये रहा बोट भी ओ भाई ले ले मुझे लग रहा बोट भी नहीं मरेगा इनसे तो और ये देखो भाई ये प्रो बन गया एम फोर ओपी एम फोर ओपी इंडा चैट एपिक्स लेजेंड के पी पीपी स्क्रीन इसमें आम मजा ये देखो भाई क्या है पहाड़े आड़े ग्राफिक्स कलरफुल भाई कितने वो ट्रेन के रेलवे बना रखा है यहाँ से ट्रेन जाती है मैंने खेल के भी देखा था जाते हो और ये भाई आगे बंदे को मारने कि हम मार रहे हैं भाई एफ में अलग ही मज़ा आता है इसे खेलने तो में जिस टीपीपी में मज़ा नहीं होता एफ में मजा है इसलिए खेलने के लिए भाई ये लेट है बंदा गया इसलिए भाई कह रखते हैं सारे बंदों के देखो सील्ड हो जाएगी इसे मारने के बाद ऐसे होता है इतने शील्ड जाती है इनके गन के लिए अलग है जैसे कि हमारे में शॉर्ट गन का अलग हो जाता है और पिस्तल और एआर का अलग होता है वैसे इसमें हर गन का अलग है उसका देख लो इसका अलग हो गया उसका लगता था मगर ये एआर ही है दोनों एआर ही हैं मगर अलग हो गया देखना ये भाई काफ़ी सही होती है चीज़ें और ये नीले शील्ड बनी है क्योंकि इसकी भाई पावर लगा रखते हैं इसने अपनी एक पावर होती है जो इससे करती शील्ड होती है ये इसमें सप्लाई क्रेट मिलते हैं जैसे हमें लूटे में मिल जाते हैं किसी क्रेटों में लेविक में जो क्रेट मिलती है वैसे ही करेट हैं कहीं पे पड़े मिल जाती है वही क्रेट हैं और ये बंदे की एनिमी क्रेट और वाई मार टारगेट कुछ नहीं है भाई एक सब्सक्राइबर का ही तो गलती से लग गया था भाई मिट्टी नहीं पा रहा इसलिए कोई बात नहीं आप एक सब्सक्राइबर करा दो और थ्रेडी ट्वेल्व पासगी वह इस वीडियो में भी और ये बीजे का लास्ट विनर विनर चिकन डिनर का लोगो, ये तो देख लोगा आपने विनर विनर चिकन डिनर ये अपना एम और इसका देखना भाई इसमें बिना विनर विनर आता है ना बोया आता है इसमें अपना अलग ये सही बना रखा है इसमें भी ये देख सकते हैं अपना बंदे पहले बंदे को मारने दो तो कौन सी गन चला रहे भाई नहीं नहीं गने इसमें नई टेक्नोलॉजी की पहले डाल दिए एक हजार ऐसी गेम तो अभी चलनी है एक हज़ार वो दो हजार तीस की क्या बात कर रहा हूँ ऐसे गेम तो अभी चल रही है ये देख सकते हो भाई आप लोग काफ़ी सही है और ये अपने देखो लास्ट वनडे को वो मार देंगे इसका पार्टनर और ये आ गया अपना क्या आ गया चैम्पियन जैसा कि आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी क्यों तो लाइक कमेंट करके जुड़ जाना और भाई तीन ड्रेल पास गिवे अपनी यूज़र आई जल्दी से लिख दो जितनी जल्दी लिख दो तो भाई उतनी जल्दी नाम आ जाता है अगर आपने 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दी दोबारा से तो दोबारा वाई गिब होगा इसलिए जल्दी से 120 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो और भाई मिलता है अगले वीडियो में नए विनर के साथ और ऐसे अपना भी जी के साथ प्यार दिखाते रहो और ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में मांग करते रहो अगली वीडियो बीजे में लाइट के ऊपर इसलिए बैठ देखा आपने लापरवाही का नतीजा